दोस्तों माई स्म इंडिया चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत दोस्तों आज है मुख्य विषय है EVM. Every word for Modi. क्या ये सच है? चलिए पूरा वीडियो में देख लेते हैं इसमें राहुल जी का जो कहते हैं ई जो है वो खड़ा है उसकी जगह उसको नीचे कर देंगे तो एम हो जाएगा एम वी एम है EVM. मोदी वोटिंग मशीन दोस्तों और सभी लोग हमने यूपी चुनाव में भी देख लिया कि किस तरह धांधली हुई दो लाख से अधिक ई बाहर कूड़े में भी मिले गए ट्रक में घूमते मिले तो ये हमारा संविधान के साथ और हमारे नैतिक जो अधिकार है वोट देने का उसके ऊपर तराप है और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया के 2024 का लोकसभा और विधानसभा की अभी जो होने वाला है गुजरात में हिमाचल में वो ईवीएम से ही होगा यानी वो बिक चुके हैं साफ है इसलिए हमें सोचना है हमें क्या करना है चलिए देख लेते हैं ईवीएम के बारे में डिटेल क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे अगर राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो हम आम आदमी को अधिकार है कि हम भी बैलेट पेपर पे ही वोट दे तभी वो नैतिकता से ईमानदारी से अच्छी सरकार हम बना पाएंगे आज इस सरकार ने वर्तमान सरकार ने पूरे देश की प्रॉपर्टी को हमारे बाप दादा ने जो कमाई पचहत्तर साल वो सभी उद्योगपति को मल्टी को बेच दिया है और उनकी वो गुलामी कर रहे हैं तो हम भी गुलाम करने की एक कोशिश है अगर हमने ई से वोटिंग किया तो हम निश्चित गुलाम हो जाएंगे ऐसे भी हम आठ साल में बर्बाद हो चुके हैं तो एक एक होने का मौका है जिस तरह गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध किया इसी प्रकार ई का भी इस मशीन का हमें विरोध करना एक एकजुट के होना बहुत जरूरी है हमें अपने अधिकार के लिए नैतिक जिम्मेदारी के लिए और इस भारत का लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा और पड़ेगा और संकल्प करने कि हम से से नहीं मगर पेपर से ही वोटिंग करेंगे। चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो अंत तक। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस में एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और उसके बाद आप तमाशा देखो एक ही मेट्रो का दो दो बार आप जो झंडी दिखाए उसको बेईमानी से जीत के आएगी मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ गुजरात में ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से प्रशासन के माध्यम से बेईमानी करके घोटाले करके बीजेपी की है सरकार रहा है तो वो बेमानी को तो साफ है इसीलिए सारी बेईमानी हो रही है देश का भंडार डाल कर दिया बेड़ा कर, कर दिया दे देश का मोदी जी ने अगर मोदी जी ईमानदारी से चुनाव हो गए तो गुजरात में हारेंगे और अगर गुजरात में हार गए तो किसी भी हालत में दो 2024 के चुनाव में लोकसभा जीत नहीं सकते इसलिए विष्णु महेश का अपमान कर दिया भावनाएं आहत हो गई हमारी अब जो है हम ही जीतेंगे भावनाएं आहत हो गई बड़ी जल्दी भावनाएं आहत हो जाती है इसमें कौन होता है रोकने वाला भावनाएं होगी बाकी किसी की कोई भावना नहीं है क्या सिर्फ तुम्हारी भावना है आज तुम्हारी सरकार बैठी इसलिए तुम्हारी भावना है ये सरकार कल उतर जाएगी ये भावना कहां जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हो तो उस हिंदू धर्म ने इस पूरे दलित समाज को इस देश के पूरे बहुजन समाज को दिया क्या है सिवाय अपमान के मोदी जिस दिन से आए हैं उसी दिन से मोदी बाबा साहब के बनाए संविधान के अगेंस्ट काम कर सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के लिए ईवीएम मशीन का विरोध करने वालों को बड़ा झटका देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने की याचिका खारिज कर दी है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा की हर मशीन में दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और हर सिस्टम पर संदेह जताया जा सकता है उन्होंने चुनाव में मतदान के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की याचिका को ठुकरा दिया है आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आगामी पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने संबंधी आदेश चुनाव आयोग को जारी करने को लेकर याचिका दायर की गई थी देश में कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे पिछले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ई पर सवाल उठाया था उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में छेड़छाड़ कर वोट डलवाने का आरोप लगाया था इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अप्रैल 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनावों में ईवीएम के बजाय मत के इस्तेमाल की मांग की गयी थी इसके बाद कई पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही समाजवादी पार्टी की मीटिंग के बाद रामगोपाल यादव ने कहा था कि बैठक में सभी सदस्यों का मानना था कि अगला लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय मतपत्रों से कराया जाए इस सवाल आरोप की अगर चुनाव आयोग मत पत्र से चुनाव कराने की मांग नहीं मानता है तो यादव ने कहा हम चुनाव आयोग के दरवाजे पर बैठ जाएंगे न कोई भीतर जा सकेगा और न ही बाहर गांधी जी की तरह देश में सत्याग्रह ही किया जा सकता है जो हम करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधते हुए कहा था कि सिर्फ 90 सेकंड में ईवीएम का मदरबोर्ड बदला जा सकता है इसके बाद कोड वर्ड के जरिए किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट कराया जा सकेगा ईवीएम और वीवीपैट दोनों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ टेपरिंग संभव है बटन दबाने पर पर्ची तो सही निकलेगी लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि मतदान के लिए ईवीएम मशीन का ही प्रयोग किया जाएगा कि विश्व पटल पर देखी अमेरिका में बैनहेरिस नाम की महिला ने वोटिंग मशीन का घोटाले की पोल खोली जिसके बाद 64 परसेंट अमेरिकी राज्यों में ये मशीन बंद हुई जर्मनी में इन मशीनों को असंवैधानिक करा दिया क्योंकि मशीनों से एक आम नागरिक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं देखे आयरलैंड में इन मशीनों को कूड़े के भाव फेंक दिया गया क्योंकि इनसे प्रजातंत्र की हत्या होती है केवल भारत नाइजीरिया वेनेजोला यूक्रेन जैसे गरीब या विकासशील देशों में ही चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है भूटान नेपाल पाकिस्तान कम्बोडिया आदि अन्य गरीब देशों में इसे लगाने की योजना चल रहा है जरा सोचिए क्यों जानते हैं गरीब देश इसलिए गरीब है क्यूँकी अमीर देश उनकी प्राकृतिक संप्रदाय लूटते आए हैं सरकार के रूप ने अपने एजेंट स्थापित करके बड़ी कंपनियाँ अपने लूट जारी रखी इंटरनेट और मोबाइल आने से कागज के वोटों से हिल फेर करना मुश्किल हो गया है इसलिए वोटिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कि बिना सबूत के घोटाला होता है और पूरे विपक्ष का काम करता बस फिर धोखेबाज सरकार विदेशी निवेश और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशियों के हाथ में देश को बेच दी याद रखिए कागज का वोट सस्ता भी है महंगी मशीनों को दस साल में बदलना लोगो को इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ा अगर कागज की पर्ची लगाई जाए तो खर्चा अलग इसलिए ये कहना कि कागज का वो महंगा है सारा सर झूठ है इस तरह ये भी झूठ है कि बैलेट में बहुत कागज लगता है पांच साल में बैलेट में जितना कागज लगता है उतना हम एक दिन में अखबार छापने में खर्च कर लेते कागज बचाना है तो कहीं और बचाएगा जाए। वो जैसी चीज के साथ समझौता करना उचित नहीं होगा। इन मशीनों के साथ अगर पर्चिया भी लगा दी जाए तो भी धोखा जारी रह सकता है पर्चियों को हाथ से गिनना होगा तो कागज के वोटों को क्यों नहीं गिनना हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो वोटिंग मशीन के खिलाफ अभियान छेड़े या फिर कागज के वोट ऐसी भी होती है लेकिन उसका पता लगाना हजारों बोगस वोटो को छापना पड़ता है तो तक लाना पड़ता है स्टिंग करके तोड़ खुलना आसान है दोबारा चुनाव की मांग भी की जा सकती है हमारा है। अपने चुनाव क्षेत्र में आप चौसठ प्लस स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़ा करें तो इन मशीनों को हटाकर कागज के वोटों को ला सकते हैं क्योंकि मौजूदा मशीन सिर्फ चौसठ उम्मीदवारों के वोट सकती आप जिस भी पार्टी का समर्थन करें अपनी पार्टी से मांग करें कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कागज का वोट वापस लें साथ ही अपने परिवार मित्र मोहल्लों में ज्यादा ऐसी ज्यादा लोगो को इस मुद्दे आरोप जागरूक करें और सोशल मीडिया आरोप शेयर करें ये देश हमारा है और हम इस देश के भाग्य हो हैं और अपने हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी लोकतंत्र को व्यवसाय समझने वाले लोग आपको कभी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं होने देंगे क्योंकि तो यही उनकी ताकत है इसकी पहल आपको ही करनी होगी और अंजाम तक आपको ही ले जाने है। तभी हम गर्व कर सकेंगे कि भारत एक योगता उसका नाम ईवीएम नहीं है उसका नाम एम वी है मतलब मोदी वोटिंग मशीन वो वो ऐसे लिखा हुआ है उसमें। वो MVM है उसमें। मोदी वोटिंग मशीन। आलो आम आदमी पार्टी, को करेम नहीं हो चुटनी थी तो लोकतंत्र कहवा तो प्रमाणिकार्टी वाला कामिकारत अंदर कोई पार्टी जी आ मल्टीनेशनल कंपनी ना रूप तो लीधे पार्टी जी लटली बड़ी पार्टी बारे तो आ पार्टी तो एक पार्टी हाँ, तो एक एक तो आ... हाँ. चाली रहे दुनिया हाँ. आखी मिलकत है भारत हवा कर दी थी जयपी कंपनी तो आ शक्य बने तो सरकार कंपनी चला रही है गुजरात चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम मशीन और वीवीपैट है लापरवाही की हद देखिए जिन ईवीएम मशीन में सरकार बदलने का दम है वो ऐसे ही लावारिस मिले तस्वीरें गुजरात के नर्मदा जिले के डेढ़ियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र की हैं। 9 दिसंबर को यहाँ पहले चरण में मतदान हुआ उसी दौरान सत्रह नंबर बूथ पर जोनल अधिकारी कौशिक काथर को एक रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट मशीन दी गई थी लेकिन अधिकारी की लापरवाही से ये मशीन छूट गई जबकि बाकी करता चैतर वसावा को मिली और वो उसे लेकर चुनाव अधिकारियों के पास पहुँचे तो गाँव वालों ने बोला की ऐसा ऐसा हुआ है तो उन्होंने बोला की हमारे गाँव में एक ईवीएम मशीन और वीवीपैट चालू सिस्टम में रखे हुए है कोई लेकर गया नहीं तो उन्होंने उनको उन्हों मैंने बोला की तुम एक गाड़ी किराए पे रख दो एक गाड़ी और लेके आओ लेके हम पड़ा प्रांत डेढ़िया में गए उधर चेक किया लेकिन कोई अधिकारी हमको जवाब नहीं मिला ईवीएम मशीन में कोई सील वगैरह लगा नहीं है सिस्टम चालू है नर्मदा जिले के करैक्टर इस बड़ी लापरवाही को छोटी सी भूल बता रहे हैं और हाँ अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो ईवीएम को हाथ न लगाए डेरेक्ट से ही मतदान करने का आग्रह करें आपके अधिकार की लड़ाई है नहीं तो आप गुलाम होने के लिए तैयार रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में